हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आई एम रईस फ्रेंड इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि मल्टी बैंक ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड हम कोर्डिनेटर में कैसे बना, बनाते हैं उसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या हो सकती है तो चलिए देखते हैं चलते हैं पहले है सबसे पहले हम लॉगिन पे हैं हैं एडमिन पैनल चलते यानी कि जो का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ उसका आएगा तो उसको भी चार्ट में देख सकते हैं चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ पे आएगा कैटेगरीज एड कैटेगरीज माइनस कैटेगरीज कैटेगरीज मतलब ये हुआ जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मोबाइल प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन्स ये सारी कैटेगरीज हैं अब इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट डालेंगे वो यहाँ पे आते रहेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ये सारे प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक जो कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे उसी के हिसाब से प्रोडक्ट आएगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक में मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं उसकी सारी लिस्ट इसको फ़िल्टर कर सकते हैं बेस्ट प्राइस बेस्ट बेच लोवेस्ट प्राइस हाइएस्ट प्राइस इस हिसाब से तो ये आ गया एड कैटेगरीज न्यू प्रोडक्ट कौन से हैं ओल्ड प्रोडक्ट कौन से हैं हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट कौन से हैं माइनस ऑर्डर्स माइनस सीओडी ओ सीओडी सी, आडर्स, सी आडर्स देख सकते हैं जैसे कैश ऑन डिलीवर कितने ऑर्डर्स हुए हैं उनके रिकॉर्ड यहाँ पे आएगी इसको सर्च भी कर सकते हैं आर्डर वाई के की यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं पेंडिंग आर्डर्स कौन से प्रोसेसिंग ऑर्डर कितने सिप्ड आर्डर कितने हैं कैंसिल आर्डर डिस्पैच आर्डर डिलीवर्ड आर्डर कितने उस यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं पेंडिंग आर्डर प्रोसेसिंग ऑर्डर सिफ्ट आर्डर्स पैकड आर्डर कैंसिल आर्डर्स डिलीवर्ड आर्डर्स उसके हिसाब से यहाँ पर सेल्स में टू सेल्स कितना हुआ है उसके हिसाब से आ जाएगा लिस्ट यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं सेल को यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी कौन सा कस्टमर ने कितना सेल किया उस हिसाब से यहाँ सेलर मैनेजमेंट यहाँ पे जो भी सेलर अकाउंट क्रिएट करेगा सबसे पहले उसको एडमिन वेरीफाई करेगा तभी वो लॉगिन हो सकता है अदरवाइज वो लॉगिन नहीं हो सकता चलिए अभी करके देखते हैं यहाँ पे कस्टमर न्यू रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैसेज भी डाल सकते हैं यूजर्स जैसे ये, ये खान रईस इनका कोई क्वेरी यहाँ पे जाके आर्मी उसको देखेगा क्या प्रॉब्लम है तो यहाँ से जैसे इन्होंने कुछ कहा मनी डिडक्टेड बट स्टेटस इन आर कंफर्म से देखते हैं कैसे वर्क करता ऐसे देखेंगे तो ये होम पेज पर जब अकाउंट लॉगिन करेगा यूजर अपना तब उसको ये चीज़ें वहाँ पे देख जाएंगी चलिए इसको फॉर्गर्ड करके भी देखते हैं फॉर्गर्ड पासवर्ड ऐसे यूजर्स के के पास अकाउंट है बट उसका पासवर्ड नहीं है तो वो कर सकता है सिंपल उसके ईमेल मेल पर पासवर्ड चला जाएगा तो वेट करते हैं देखते हैं ई मेल आया कोई वैसे आ गया यहाँ से उसको पासवर्ड लेकर मिल गया रैंडम अब ये पासवर्ड ले जाके यहाँ पे यूज़ करेगा सर एथल कॉपी नहीं हुआ है पूरा कॉपी हो गया था लॉग इन हो गया अब यहाँ से पासवर्ड को चेंज भी कर सकता है अभी लॉकआउट करके अपने ये पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं <coughs> तो ये तो हो गया टेक्निकल सपोर्ट कूपन कूपन क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज कूपन क्रिएट कर सकते हैं रैंडम कूपन क्रिएट कर सकते हैं <coughs> जैसे कूपन क्रिएट करके हम देखते हैं सिर्फ फर्स्ट थर्टी करते हैं कूपन की वैल्यू थर्टी यहाँ पे कूपन को हम टाइप में दे सकते हैं कि परसेंटेज में देना है कूपन को या फिर रुपीज़ में देना है अब परसेंटेज में अगर हम देंगे तो वो थर्टी परसेंट डिस्काउंट करेगा अगर रुपीज़ में देंगे तो वो ओनली थर्टी रुपीज़ डिस्काउंट करेगा चलिए हम परसेंटेज में करते हैं इसको कार्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए अब जितना भी वैल्यू डालेंगे उतने पर ही कूपन अप्लाई होगा सपोज़ मान लेते हैं हम जैसे पच्चीस सौ कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट का है कूपन की कोपन की एक्सपायरी डेट जब कम्लेड हो जाएगा तो कोपन यूज़ में नहीं आएगा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे कोपन एक्सपायर हो चुके हैं ये सब कूपन अब फ्रंट एंड पर दिखेगा भी नहीं अगर कोपन अब किसी यूज कस्टमर के पास अगर पहले से रहेगा अगर वो सोचता है कि ये कूपन हम यूज़ कर लें तो वहाँ पर यह कोपन अप्लाई नहीं होगा वहाँ उसको मैसेज सोगा कोपन इज़ एक्सपायर्ड यहाँ पे एडमिन भी लगा सकता है प्रोडक्ट वाइज कूपन यहाँ से यहाँ पे चलते हैं सेलर अकाउंट यहाँ पे सेलर का एक अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे सिंपल कंपनी ने सब फैसन करते हैं ई मेल आई डी हम ये ई मेल लॉग इन ईमेल वेरिफिकेशन भी होगा मोबाइल नंबर पिन कोड हम डालेंगे तो स्टेट और सिटी वो फेच कर लेगा क्योंकि okay, हमने पार्सल कोड की एपीआई यूज़ की है इसमें नंबर आधार नंबर करते हैं कुछ एरर आ गया तो जी नंबर मस्ट बी फिफ्टीन ये डिजिटल डिजिट का होना चाहिए Account created successfully. Please activate your account within one hours. देखते हैं कोई मैसेज आया यहाँ पे वेरीफिकेशन के लिए यस yes. आ गया पे देख सकते हैं थैंक्स योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली प्लीज़ क्लिक द ब्लू लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट सिंपल इस पर क्लिक करेंगे अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू एडमिन वेट समाइम अभी अगर इसको हम लॉगिन करा के चेक करते हैं देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं. वेट योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड बाय एडमिन एडमिन पैनल पे आते हैं देखते हैं देखते हैं कोई वेरीफिकेशन आया है क्या इसके पास चलते हैं सेलर मैनेजमेंट में वेरीफाइड सेलर अकाउंट अब यहाँ पे सेलर का डिटेल्स आ गया अब यहाँ पे एडमिन उसका डिटेल्स पूरा चेक करेगा देखेगा फिर उसको अगर वेरीफाई अगर वेरीफाई कर दिया तब तो लॉग इन करा सकता है अदरवाइज़ वो लॉग इन नहीं हो सकता अगर यहाँ से वेरीफाई और डिलीट भी कर सकते हैं तो हम इसको सिंपल वेरीफाई कराते हैं वेरीफाई करेंगे तो इसको सेलर के पास इन्वाइस ईमेल जाना चाहिए कि और अकाउंट इज वेरीफाइड का वही वे सेंड कर रहा होगा सेलर सेलर सेलर सेलर अकाउंट अकाउंट अकाउंट सक्सेसफुली चेक करते हैं हैं हैं हैं के पास वेलकम तो तो चलते लॉगिन लॉगिन कराते हैं सेलर का तो यहां पे देख सकते हैं। अब सेलर हो, सक, हो गया तो अब यहाँ से सेलर क्या कर सकता है एड प्रोडक्ट कर सकता है वो प्रोडक्ट अपने ऐड कर सकता है माइनस कर सकता है आर्डर मास्टर में माइनस यू डी प्रीपेड सेल्स देख सकता है अपने प्रोडक्ट पे वो कूपन लगा सकता है जिससे हम एक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं इस सेलर का में चलते हैं ऐसे में लेते हैं आगे नोट प्लीज चूज फोर इमेजेस एंड अपलोड ओनली जेपीजी पीएनजी अपलोडी फॉर्मेट ओके okay, कलर यहाँ पर डालते हैं ब्लैक बहुत भेजेंगे तो वहां पर यूज होता है प्रोडक्ट प्राइस चलिए बारह सौ करते हैं बारह हजार बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं सेव करते हैं इसको तो ऐड हो गया एक प्रोडक्ट और कोई भी ऐड कर लेते हैं कुछ भी डाल देते हैं चलिए स्पोर्ट्स शूज कलर यहाँ से कलर से वाइट है स्कीूब को क्या है उसका गया, प्राइस से कुछ भी डाल देते हैं प्रोडक्ट रिव्यू में क्या रहेगा डिस्क्रिप्स करा सकते हैं गुड प्रोडक्ट्स अब यहाँ से प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता हैं सर्च भी कर सकते हैं फिल्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट को मास्टर मास्टर में सीओडी सेल्स रिपोर्ट से देख सकते हैं कूपन कूपन चलिए भी क्रिएट करते अब इस सेलर को केवल उसी के प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेंगे जैसे स्पोर्ट शूज और स्नेकर शूज उसने डाल रखा था तो यहाँ पर उसी के प्रोडक्ट खाली पे खाली आएंगे यहाँ पे जिसे यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं इस पर स्नैकर पे इस नेकर लगाते हैं कोपन टाइप सर रुपीज़ में डिस्काउंट करना चाहते हैं या परसेंटेज में करना चाहते हैं चलिए रुपीज़ लेट से मान लेते हैं रुपीज़ में करते हैं इसको एक्सपायरी डेट सॉरी तो आज का दिन में स्टार्ट स्टार्ट डेट एंड डेट एक्सपायर कब होगा चलिए ये डाल देते हैं इसे हंड्रेड रुपीज़ का डिस्काउंट करते हैं इस पर क्रिएट करते हैं चलिए तो हो सेलर का यहाँ से सेलर अपने अकाउंट सेटिंग कर सकता है पासवर्ड चेंज कर सकता है अपलोड कर सकता है मैं इसको तो ये तो हो गया फ्रंट एंड अब आते हैं फ्रंट पे यहाँ पे देखते हैं इसमें यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्सन फैसन सेलर का नाम क्या था फैसन उसके प्रोडक्ट यहाँ पर आ जा रहे हैं चलिए इसको एड टू कैड करते हैं ए वी इसको भी ऐड कर लेते हैं फिर से दो प्रोडक्ट हम पहले ऐड करते हैं यहाँ जो प्रो, यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं जीन्स है ये सारी या सब प्रोडक्ट का रिव्यू देख सकते हैं रेटिंग सिस्टम भी आफ्टर आर्डर जब डिलीवर्ड हो जाएगा तो यूज़र्स उस पर रेटिंग भी दे सकता है ये भी हमने डाल रख के फंक्सनैलिटी ऐसे से ऑर्डर को क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हैं लेट्स यहाँ पर भी पड़ जाएगा यहाँ पे भी आ जाएगा प्लेस ऑर्डर करते हैं लॉग लॉगिन आई डी मांग रहा है लॉगिन कराते हैं इसको ये सिंपल लॉगिन हो गया अब यहाँ पे दिख रहा है कार्ड में कितने प्रोडक्ट हैं तीन तीन प्रोडक्ट पड़े हैं कार्ड में आड्रेस कितने हैं ज़ीरो डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हुए हैं एक इनका मैसेज कितना है ऑनलाइन परचेज कितने ऑर्डर्स उन्होंने किया है ये सारी रिगार्ड यहाँ पे आ जाएंगी चलिए करते हैं इसको करते हैं या से प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये आ जाए डिटेल्स सिर्फ खान रोबाइल नंबर लेट से कुछ भी डाल देते हैं टेन डिजिट का होना चाहिए देते हैं लेट्स डाल देते हैं, हाउस नंबर क्या है कुछ तो भी डाल देते हैं कंट्री इंडिया, लखनऊ एरिया कोड जीरो पेन नंबर पेन नंबर डालेंगे स्टेट सिटी ऑटोमेटिक ले लेगा वेट करते हैं को हिट कर रहा होगा। हम्म आ गया परचेस करते हैं सिंपल इसको ये आ गया अब ये यहाँ पर दिख रहा है इसको कि डिस्काउंट कूपन कोड इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कूपन कोड है कोई चलिए देखते हैं फ्रंट एंड पे कोई कूपन कोड है क्या इसका इसको लॉग आउट करते हैं सिंपल इसको नाइट टाइम में खोल लेते हैं यहाँ ऑफर में चलते हैं ये स्नैकर यही है एफ बी नाइन एट यफ ये, ये, ये, ये कूपन अप्लाई कर दें देखते हैं प्रोडक्ट डिस्काउंट सक्सेसफुली यार ये देखिए हंड्रेड रुपीज़ का हमने डिस्काउंट लगाया था तो यहाँ पे हंड्रेड रुपीज़ माइनस हो गए चलिए ठीक है और देखते हैं प्रोडक्ट वाइज जैसे कि यहाँ पर ये कूपन अप्लाई करते हैं फर्स्ट थर्टी थर्टी परसेंट का हमने डिस्काउंट लगाया था ना इसको अप्लाई करके देखते हैं सिंपल गए टेस्ट कर दिया सब कुछ रॉन्ग करके देखते हैं इन कूपन डिटेल्स जैसे जो कूपन एक्सपायर हो गए उसको डालेंगे तो एक्सपायर आएँगे सील करस्पॉन्डिंग ये कोपन सही है डिस्काउंट कर दिया अमाउंट को सात हज़ार सात सौ पचास बन जाता चौवन सौ पच्चीस रुपये आ गए यहाँ पे कूपन अप्लाइड यहाँ से ऊपर डिलीवर कर सकते हैं कैस ऑन डिलीवरी के लिए यहाँ से परचेस करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ से करेंगे तो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे कैसे दिख रहा होगा चौवन चलिए उससे कोई दिक्कत है आता है टेस्टिंग डिटेल उठा लेते हैं कोई भी कार्ड डिटेल टेस्टिंग का कारो ये टेस्टिंग का डिटेल है कोई भी फ्यूचर का डेट डाल देते हैं ओ सेंड करेगा यह सॉरी आया नहीं भी नंबर तो सही है ना आ गया मैसेज डबल सेवन डबल सेवन नाइन टू एट टू नाइन टू एट डबल सेवन नाइन टू एट टू ठीक है इसको वेरीफाई कराते हैं ठीक है अब इसको देखते हैं अगर ये सक्सेस होगा पेमेंट तब तो, तो मुझे ट्रांजैक्शन आईडी और सक्सेस का मैसेज जा आ जाएगा अगर फेल्ड हुआ तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल्ड आएगा और डिटेल भी दिखाएगा फेल्ड का तो देखते हैं अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस आएगा वेट करते हैं कनेक्टेड है ना आ, ओके ओके गाय जी देख सकते हैं ट्रांजेक्शन पेमेंट सक्सेसफुली और ट्रांजेक्शन आई डी आर्डर आई डी एक गया का देखते हैं वीजेपे में अकाउंट में बोलते हैं उसको चेक करते हैं कि पेमेंट आया कि नहीं आया पेमेंट आई डी हमको जेनरेट करके दे दिया आर्डर आई के करिस्पॉन्डेंट चौवन सौ का पेमेंट हुआ है सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी रिफ्रेश नहीं हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर पूरा रिफ्रेश जाने दूंगी इसको पहले में आना चाहिए ऑर्डर आईडी ये देखिए दो मिनट है आ गया ना नेट थोड़ा स्लो है मेरा सॉरी तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर आईडी भी आया होगा ऑर्डर आईडी है ना ये ऑर्डर आईडी ये देखिए आर्डर आईडी डी और पेमेंट ट्रांजेक्शन आई दोनों जनरेट करके हमको ये दे देगा चलिए देखते हैं अभी यह आर्डर गया कहाँ तो मैं आई थिंक जो सेलर को हमने लॉगिन कराया था उसके अब ऑर्डर हमने किया है तो ये उसी के पास गया होगा देखते हैं उसके अकाउंट लॉगिन करके लॉगिन कराते हैं तो यहाँ पर आ गया दो ऑर्डर्स टू दो ऑर्डर्स चार्ट में भी दिखना चाहिए टू दो आर्डर्स आगे प्रीपेड ऑर्डर जिनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है टॉप सॉल्ट प्रोडक्ट दो ऑर्डर्स इसके अभी परचेज हुए हैं इसकी यूनिट एक एक है ये देखिए तो चलते हैं गया का माइनेज प्रोडक्ट यहाँ पे देखें इस सॉरी सॉरी माइनेज ऑर्डर्स प्रीपेड ऑर्डर्स तो यहाँ पे आ गया ऐसे उसका डिटेल देख सकते हैं ये देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट कितना था प्रोडक्ट का प्राइस बारह सौ थे उसको हंड्रेड रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ ये कूपन कोड अप्लाई किया था उसने सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी और ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन आई डी आ गया इस ट्रांजैक्शन आ... इस ट्रांजैक्शन से उसने पेमेंट किया है वो ट्रांजैक्शन आई रखते हैं यहाँ से जैसे कोई भी आर्डर में इश्यू आता है तो उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं सॉरी कुछ क्या चलते हैं अब फिर इसको हम यहाँ से इसका स्टेटस चेंज करेंगे अब इसको ये ऑर्डर आ गया मेरे पास अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे जैसे कि कोई भी सेलर है तो वो ऑर्डर को शिफ्ट करता है कुरियर के लिए तो कुरियर के लिए बेसिकली यही यही चीज़ यूज होता है इसे जहाँ का आर्डर है उस एड्रेस यहाँ ऑलरेडी सेफ्ड है तो यही एड्रेस पर कोरियर कर देंगे इसको इस ऑर्डर को हम सिप रॉकेट सिप्रॉकेट के थ्रू सब प्रोडक्ट का वेट है दे देते हैं कुछ भी एट नाइन नाइन तो ले दे देते हैं वेट कितना है टू पॉइंट नाइन कुछ भी डाल सकते हैं अपडेट करेंगे अगर कुछ भी डिटेल रॉन्ग हुआ तब तो, तो ये एरर देगा पक्का बता रहा हूँ आई थिंक हमने रिडायरेक्ट करके यहाँ पे भेज दिया इसको कुछ ओके okay, okay. hmm. तो यहाँ पे देख सकते हैं आज की डेट डेट में चौवन सौ पच्चीस रुपये का आर्डर हुआ था ये ऑर्डर जो है सिपमेंट के लिए चला गया अब इसको हम देखते हैं कि ये आर्डर एक्चुअली सिफ्ड हुआ कि नहीं अब सिप्रॉकेट में चलते हैं यहाँ पे प्रोसेस आर्डर्स में चलते हैं आज की डेट में कोई आर्डर आया है क्या आया होगा ऑर्डर्स तो यहाँ पे डिटेल्स सारे आ जाएंगे सिप्रॉकेट के पास तो चलते ये आ गया ये देख सकते हैं ऑर्डर आईडी डी यही तो मेरा ये देखिए ये ऑर्डर आईडी डी ये सिप्रॉकेट के पास पहुँच चुका है अब यहाँ पे सिप्रॉकेट के जो कॉरियर बंदे रहेंगे उसको देखेंगे और फिर यहाँ पे आएगा देखेगा कितने का आर्डर है कार्ड को स्नेकर सूज मैन सूज इसका चैनल कोड ये यूनिट इतना है डिस्काउंट प्राइस इतना है टोटल प्रोडक्ट का प्राइस इतना था डिस्काउंट हुआ इतने रुपये का आर्डर अमाउंट चौवन सौ रुपये टोटल बने हैं ये कहाँ से ऑर्डर को उठाना है उसका डिटेल्स है यहाँ से ऑर्डर को उठाएँगे चला जाएगा वो तो बेसिकली इसमें यह चीज़ है कि हम कैसे एपीआई पी के थ्रू हम सिर्फ को या कोई भी कोरियर के लिए जो यूज़ होता है उसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसका हमने एक एग्जाम्पल ले थोड़ा बनाया था और यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे अकाउंट में जो है ज़ीरो अमाउंट क्योंकि मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे जो टेस्टिंग पर्पज़ में क्या होता है कि हम लोग जैसे ट्रैकिंग का सिस्टम होता है जैसे आपने देखा होगा कि जो में सॉरी फ्लिपकार्ट में मिंद्रा में होता है ना ऑर्डर ट्रैकिंग का सिस्टम तो वो य, ये इसी एपीआई के थ्रू होता है कुछ उसका प्रोसेस भी सेम ही है बट वो फ्री की फ्री के ए में हमको वो चीज़ ट्रैकिंग का जो आर्डर का स्टेटस चेंज करते हैं उसको नहीं देता है तो हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है बट वो आर्डर का स्टेटस इस इसके करस्पॉन्डिंग नहीं चेंज कर रहा था तो हम कोड को थोड़ा कमेंट कर दिए हैं क्योंकि वो रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है फिर वो चेंज करता है चलिए कोई टेस्टिंग तो करनी है कर लेंगे फिर फिर यहाँ पे यूजर्स के पास भी ये चीज़ें दिख रही होंगी उसके डैसबोर्ड पर कि उसका आर्डर क्या हुआ शिफ्ट हुआ है तो शिफ्टमेंट का उसके पास डिटेल्स आ जाएंगे सेशन का इशू कुछ ना हो जाए देखते हैं यहाँ पर जाएगा यह देखिए यूजर का योर आर्डर रिसिवड है अब यहाँ से सपोज़ अगर आर्डर को डिलीवर करा देंगे इसे मान लेते हैं डिलीवर्ड हो गया उसका आर्डर यूजर्स का तो उसके पास ये कैंसिल का आ रहा है ना कैंसिल और ट्रैकिंग का सिस्टम ये नहीं आएगा ट्रैक हम उसी यूज़ किया था कि आर्डर को ट्रैक कैसे करेंगे जैसे सिर्फ रॉकेट तो वो हमने अभी कमेंट कर दिया उसको भी कर लेंगे ये ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ अभी रेटिंग के लिए बोल रहा है कि प्रोडक्ट को रेटिंग कर यहाँ पे उसका सारे डिटेल्स आने का टोटल अमाउंट कितना था कूपन किस कौन सा कूपन अप्लाई किया कूपन कोड क्या था पेमेंट आईडी कौन सी थी ये सारी डिटेल्स सा आ जाएंगे यहाँ पे चल के हैं देखते हैं यहाँ पे रेटिंग का सिस्टम है डिलीवर्ड हुआ कौन सा रेटिंग देना चाहते हैं इससे हमने फाइव स्टार दे दिया अभी ये जो स्टार है ये जो इस प्रोडक्ट की करस्पॉन्डिंग दिखेंगे बेस्ट आने कितना रेटिंग हुआ है यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं सिंपल कोई भी रिव्यू देना चाहते हैं आप तो ऐसे हम दे देते हैं इसको कुछ भी डाल दे रहे हैं तो ये सब रिव्यू है जो ये इस प्रोडक्ट पे दिखेगा सो होगा तो फ्रेंड्स ये था कुछ बेसिक फंक्शनलिटी जिसको हमने कोडिंग कोर्डिनेटर में बनाया है पेच पी के फ्रेम कोडिंग कोडिंगटर में आप देख सकते हैं मॉडल जो कंट्रोलर ये मेरा होम पेज है ये इसमें तीन फाइल से एडमिन कर सेक्शन हैं सेलर का सेलर डैशबोर्ड मॉडल का ये कोड है मॉडल का ये कोड है क्योंकि तो इसी में हो गया मेरा सारा काम हेल्पर भी हमने बनाया होगा बनाया है ये हेल्पर है मेरा दो तीन हेल्पर बनाए थे ये व्यू की फाइल्स हैं ओके थैंक्स प्लीज वॉच माई वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल ओके फ्रेंड बाय